अगर हम बेस्ट आयुर्वेदिक कंपनीज़ की बात करते हैं तो कुछ बड़े नाम हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में जैसे डाबर है बेदनाथ है हिमालय है पतंजलि है अमदर्द है उसके अलावा जो ग्रोविंग कंपनीज़ की अगर हम बात करते हैं तो एल खरबल इंडिया भी काफ़ी अच्छी तरह ग्रो कर रही है काफ़ी अच्छे मेडिसिन आपको वहाँ पर मिल जाएगी फैक्ट्री मेडिसिन उनकी भी आपको मिल जाएगी तो ये कुछ टॉप कंपनीज़ है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनकी बेस्ट होती है